दोस्तों वो इस King of Bollywood. हाँ, आपने सही सोचा शाहरुख खान दोस्तों शाहरुख खान एक ऐसे इंसान है जिन्हें हर एक महाद्वीप से अवॉर्ड या पुरस्कार मिल चुका है। एक समय था जब दिल्ली में रहने वाला यह आम लड़का जिसको ना कोई जानता था और ना कोई पहचानता था और आज ऐसा के ये एक ब्रांड है इनके एक्टिंग के दीवाने आपको पूरी दुनिया में मिल जाएंगे दोस्तों इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं पहला जिसे उनके माँ बाप द्वारा नाम पैसा और इज्जत मिलती है लेकिन दूसरे टाइप के लोगों को अपने हार्डवर्क अपने पैशन अपने जीत से नाम पैसा और इज्जत कमाना पड़ता है शाहरुख खान भी इसी टाइप के इंसान हैं आज एसआरके की गिनती दुनिया के सबसे अमीर एक्टर्स में होती है दोस्तों आज भी शाहरुख खान इतनी मेहनत करते हैं कि वो केवल चार पांच घंटे ही सोते हैं उनका कहना है कि ज़्यादा सोना जिंदगी को बर्बाद करना है दोस्तों शाहरुख खान एक काफ़ी अच्छे बिजनेसमैन भी है वह कई बिजनेस के मालिक है यही नहीं दोस्तों शाहरुख खान आई के कोलकाता नाइट राइडर के को ऑनर भी है दोस्तों मैं अब आपको एक वीडियो क्लिप के माध्यम से बताता हूँ कि शाहरुख खान सफल कैसे हुए मैं शाहरुख खान से शाहरुख खान से करीब 25 साल पहले मिला था मैंने उसे कहा यार वो कहता है सिद्धू साहब मैं आपका बड़ा फैन हूं मैंने कहा यार तू उन दिनों वो फौजी में काम किया करता था फौजी और वो दूसरी जो है एक और, हाँ करेक्ट यार यार आपकी मेमोरी तो यू नो इट्स लाइक एलिफेंट ऑफ एन एलिफेंट वु तो मैंने उसको कहा यार कहा अगला क्या प्रोग्राम है तुम्हारा उसने कहा सिद्धू साहब बॉलीवुड मैं तो बॉलीवुड बॉलीवुड जाना चाहता हूं मैंने कहा यार बॉलीवुड जाएगा क्या बात करता है बॉलीवुड में तो तो कंपटीशन है वो तो खा जाएंगे तुझे मुझे बड़ी लाइन इस दुनिया में कोई नहीं है उसने कहा सिद्धू साहब आई डोंट कम्पीट विद एनीट विद माई सेल्फ मैं अपने आप को बेहतर करना चाहता हूँ मैं दूसरों को कभी खींचना नहीं चाहता हूँ समझ रहे हो ना आई डोंट कम्पीट विथ एनी वन आई कम्पीट विथ माई मतलब मैं किसी से कंपटीशन नहीं करता मैं खुद से कंपटीशन करता हूँ मैं कल जैसा परफॉर्मेंस किया था आज उससे अच्छा करके दिखाऊंगा. मैं अपने कल के रिकॉर्ड को आज तोड़ दूँगा दोस्तों यही सोच आज शाहरुख खान की सफलता का कारण है दोस्तों अब मैं आपको हमारे समाज का मेंटलिटी और सोच बताता हूँ मैं आपको एक वीडियो क्लिप के माध्यम से बताता हूँ क्या मेंटेलिटी है कि आदमी चला जा रहा है अगर अपनी मारुति में डिक्षिक, डिक्षिक, कोई मर्सिडीज निकल गई ना तो आदमी कहता है इसकी आंखें फूटे एक्सीडेंट ही हो जाए मरे गिरे कहीं सड़े कहीं और अगर उसने तपस्या की भगवान शिव सामने आगे उसने कहा बच्चा जो तुझे दूंगा तेरे, तेरे जो नेबरर है उसको डबल दूंगा तो उसने कहा तेरी तपस्या मैंने की नेबर को डबल भगवान शिव मुझे काना कर दो अगर मुझे काना करोगे तो उसको अंधा कर दो टे तो है ये जो क्रैब में, में, में छोड़ दीजिए दस दसों के दस मरे पड़े होंगे जो ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है दूसरी उसकी टांग पकड़ के ठीक करके नीचे खींच लेता है दोस्तों शाहरुख खान ने कभी भी किसी को गिराने की कोशिश नहीं की उन्होंने दूसरों की कमी के बजाय खुद में कमी ढूंढा और उसे सुधारा और आज शाहरुख खान को कोई ज़्यादा इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है दोस्तों आप भी अपने आप को बेहतर करो किसी से कंपटीशन मत करो खुद से कंपटीशन करो और आगे बढ़ो दोस्तों शाहरुख खान को लकी मत समझो क्योंकि जब हम सो रहे थे तब शाहरुख खान मेहनत कर रहे थे दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो